ओके गाइस चैनल अभी पहली वीडियो बना रहा हूँ तो इस वीडियो को लाइक कर देना और कर देना। तो अभी भी को की तरह के तो इस वीडियो का टॉपिक इसी साथ उसका नाम है निश्चय निश्चय बंदर तक वीडियो बनाता है यूट्यूब प्विटर रोस्ट करता है बंदों का इस बात पे मेरा भी रोस्ट कर सकता है वो बट अच्छा बंदा है यार फॉलो करो करो जाओ सब्सक्राइब सारी भूया करना है भैया करना है भैया करना है मैच मैंने एक और मैच लगाया मेरे साथ धोखा हो गया मैंने एक लड़की को पांच बार ही शॉट मारा फिर भी नहीं मारी कोई बात नहीं इस बार करेंगे भैया Yeah. You know I do. I do. I do. I do, I do, I do. No. पसंद है करते ही कुछ ना कुछ उठाइए वेस्ट दी। तो मैं एक, एक, एक दीड़ी दीड़ी बार से गोली भी बात है इसको एक शॉर्ट देता यार आपको पता है मतलब मैं हेड शॉर्ट से आज कम क्या हो गया दुख हो गया मुझे अच्छा जी चलो थोड़ा सा बड़ी देर तो चुपो मैं ना कुछ तगड़ी सी मिली मुझे टाइप वो भी हो जाए तो मजा भी आता है आओ नहीं मैं आ रहा हूं तेरी बात है कहां से आ गए भैया शांत रहिए हम्म बैठिए चुप सिया चुप चुप नहीं याद है नहीं याद है हम्म कितनी देर लगा पकड़ी लूडो की तरह खेल रहे हैं तो फिर अभी हम इसे भी स्टार्ट करेंगे खड़े खड़े खेलेंगे खड़े। स्कार नहीं। मुझे कोई दिखा। ओए चलो सुन सुनो कह पता और हाँ तो इंसान बताइए होगा आपको उसको फॉलो कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बाद में तो तुम करोगे ये किस कलर की लाइट बचा हो वीडियो ठीक है कर ले बराबरा क्या पता दूध अच्छा रहा बात है कम है और करने हम्म hmm? अच्छा अच्छा चेक चेक चेक चेक चेक चेक हूं मिनट बाद चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो चलो इस बार भूया पक्का है भू पक्का दो बंदे बचे दो बंदे बचे हैं सर ठीक है थोड़ी देर दो मिनट रुपए बचा भी गया पहले क्या ये रुक जा ठहर जा भूया गया है बारह केल तो इसी के साथ वीडियो खत्म लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें बस थैंक यू